अब आगो, अब आगो, तो महाराज संत जी फंस गए और बोले कि लेकिन संत जी अपने अपने से एक महाराज ये पत्नी को खिला देना जरूर, जरूर सुयोग संतान आपको प्राप्त होगी अब तो महाराज आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए चले आए अपनी पत्नी को आवाज लगाए। कि देवी सुनती हो क्या? देखो ना तो ले ले फल लेकर आया धुंधली देखा अब आत्मादेव जी बोले अरे देवी गुस्सा क्यों हो फल तो देखा है लेकिन इसे तुम खाओगी तो जरूर पुत्र होगा जिस प्रकार से वैसे इस संसार के मोह माया है ये पुत्र पुत्री लेकिन भगवान का भजन ही सच्चा सुख है लेकिन पंडित जी महाराज को समझ में नहीं आया बाद में समझ में आता है जब वो पुत्र कष्ट देता व्यक्ति नशा करते हैं लेकिन असली नशा तो भगवान नाम संकेतन रूपी ही होता है। हमें से तभी पार जा सकते हैं जब भगवान का नाम लेते हैं। एक बार वृंदावन के एक चौबी जी थे वो घर से निकले वो उन्हें आना था मथुरा से तो वो रात को कुछ भांग का नशा करते थे थोड़ी भांग खा ली अब वो यमुना जी के उस पर नाव पर बैठ गए, चप्पू ले ली और चलाते रहे खूब मेहनत करते रहे रातों भर। के ले थे उसी घाट पर नाव नावी तो कहा मैंने तो तो इतने चप्पू चलाए और मेहनत फिर नाव बड़ी क्यों नहीं? तो कहा अरे महाराज आपकी नाव इसलिए नहीं बड़ी क्योंकि आपने जो जिससे ये नाव जिस रस्सी से बनी थी जिस खूटी से उधर से तो आपने खोली नहीं। तो नाव से बढ़ जाएगी उसी प्रकार ऐसी <laughs> हमारी भी इस संसार से छुड़ा करके भगवत रूपी भगवान नाम संकीर्तन ऐसी बांध अगर इस संसार से बांधे रहेंगे हम चाहे जितनी कोशिश कर ले मेहनत कर लेकिन ले उसी इस संसार के घटना